वृषभ राशि के जातकों आज का दिन कैसा जाएगा शुक्रवार का दिन 26 जुलाई का दिन कैसा जाएगा आपके लिए शुभ कलर क्या है शुभ अंक क्या है आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा कौन सा शुभ उपाय करें कि मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आज नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आएगी जिससे आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा आज, आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होगा किसी नए जगह का आज आप पदभार ग्रहण कर सकते हैं पारिवारिक रिश्ते आज आपके मजबूत होंगे बच्चों के साथ आज आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं धन लाभ के बड़े अवसर आज आपको मिलते हुए नज़र आएंगे किस्मत के सहयोग से आज आपको कोई है आपका जो है कोई जो खास काम है अभी तक पेंडिंग है ये पूर्ण होता हुआ नजर आएगा आज का दिन प्रगति के लिए अनुकूल रहने वाला है किसी पुराने सहयोगी से मिलने की आज जो है सितारे यहाँ पर संकेत कर रहे हैं बातचीत के दौरान आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा अन्यथा हाथ में आए हुए मौके आज आप खोते हुए नजर आएंगे करना क्या रहेगा देखिए आज, आज आपको लक्ष्मी जी पर इत्र जानते होंगे नॉन एल्कोहलिक इत्र ले लीजिएगा लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयोग है और उस पर उसको कॉटन पे लगा करके और लक्ष्मी जी को आप चढ़ा दीजिएगा इसके साथ साथ दर्शकों जो है आज मां लक्ष्मी को आप एक पान जरूर अर्पित करें मीठा पान तो इससे आज लक्ष्मी प्राप्ति में आपको सहायता मिलेगी दूसरा दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय आज एक आप सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा किस्मत का आज आपको भरपूर सास मिलेगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये व्हाइट रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात